हेलो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आई बटन कैसे लगा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ वीडियो चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आ जाना है अपने कुरुम ब्राउजर पे ब्राउज़र पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो आपको आ जाना है अपने YouTube.com पे YouTube.com पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसलिए कुछ तो चलिए आने आने के पे कर पे करने के कर पे आने के बाद बाद बाद थ्री थ्री डॉट डॉट क्लिक क्लिक क्लिक कर कर करने ले कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो होगा तो चलिए ओपन होने के बाद कुछ देर लगेगी आपको अपने लोगों के क्लिक कर देना है लोगों पर क्लिक करने के बाद लोगों पर क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो पे आ जाना जैसा कि मेरा नेट स्लो चल रहा थोड़ा तो यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर देना है स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद थोड़ी लोडिंग लेगा कुछ लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आवाज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस पर कल लो होगी लोडिंग देगा थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद देखिए जैसा कि इंटरफेस ओपन हो, हो गया मेरी वीडियो पर अब मैं अपने वीडियो के आई बटन पे जैसा कि ये हो गया अब मैं अपनी वीडियो का आई बटन लगाता हूँ जैसा कि मैं अपनी इस वीडियो का आई बटन लगाना चाहता हूँ जैसा कि मैंने लगा के दिखा दिया है आई बटन वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो